गुड मॉर्निंग साथियों दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी पिट के रिजल्ट के बारे में साथियों तो आपको दोस्तों पता ही होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही योगी जी ने अनाउंस किया था कि हम सभी यूपी के एग्जाम और जो भी उससे संबंधित नोटिफिकेशन है वो 15 दिसंबर तक हम अपडेट कर देंगे अपनी वेबसाइट यूपी ट्रिपल एस आयोग पर लेकिन दोस्तों अभी तक हमारे आज देखने का मौका मिला है कि एक रिज़ल्ट फाइनल हो गया है जो कि यूपी ट्रिपल एस द्वारा दिखाया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों लेकिन साथियों मैं जानता हूं कि आप लोगों के यूपी त्रिपले आयोग के यूपी पेट के रिजल्ट का ज्यादा इंतजार है उसका आंसर की उन्होंने दे दिया है रिवाइज आंसर की आएगी या नहीं ये तो अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है और हमारा जो यूपी पेट है आपको पता ही होगा कि जो 28 अक्टूबर तक था उसे बढ़ा के 8 जनवरी तक कर दिया है यानी कि जब तक हमारा नया रिज़ल्ट नहीं आ जाता है तब तक हम यूपी पेट का 2022 का जो यूपी पेट हुआ है उस पर संबंधित कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे आपको मैं बता दूँ यूपी पेट का जो ये एग्ज़ाम है यह एक प्रिमिनरी टेस्ट है जो कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद भी यूपी में यूपी त्रिपले आयोग द्वारा जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें सम्मिलित होने का आपको मौका दिया जाएगा वो भी आपके कट के आधार पर तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि 8 जनवरी मान लीजिए कि हमारा यूपी त्रिप्रदेशी आयोग द्वारा आयोजित किया गया यूपी पेट 2021 का वैधता खत्म हो जाएगी यानी कि उन्हें किसी भी हाल में 8 जनवरी से पहले यूपी पेट का रिजल्ट देना होगा नहीं तो उन्हें हो सकता है कि डेट एक्सटेंड करना होगा लेकिन डेट एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि दोस्तों यह प्रत्येक साल भर्ती आयोजित कराने की बात कही गई है यूपी पेट में तो इसलिए दोस्तों हमें ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दोस्तों सात जनवरी तक इंतजार कर लीजिए सात जनवरी से पहले आपका यूपी पेट का जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो पक्का हंड्रेड आ जाएगा तो साथ आपको ये वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी होगी और इस जानकारी से यदि आपको थोड़ा भी संतुष्टि मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैन साथियों